महाभारत में भीष्म पितामह ने एक प्रण लिया था कि जब तक मैं युद्ध भूमि में रहूंगा कर्ण महा कदम नहीं रखेगा तब कौरवों ने ये सोचा कि भीष्म पितामह हमारे साथ खड़े जरूर हैं लेकिन आज भी उनका स्नेह कौनते पांडवों के साथ है और कर्ण उन पर भारी पड़ सकता है इसलिए उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा किंतु युद्ध भूमि में जब बाणों की सया में लेट वो अपने अंतिम क्षण का इंतजार कर रहे थे तब कर्ण उनसे मिलने गया तब उन्होंने कहा पुत्र मुझे पता है तुम कुंती पुत्र हो यही कारण था कि मैं तुम्हें युद्ध भूमि में आने नहीं देना चाहता था मैं तुमसे नफरत नहीं करता था बस इस युद्ध भूमि से तुम्हें दूर रखकर तुम्हारी प्राणों की रक्षा करना चाहता था महाभारत के इस अध्याय का सार बस इतना था अब अगली बार कभी आपके पढ़े आपको रोके टोके ना तो उनके कहे पर सोचिएगा जरूर हो सकता है उसमे आपकी भलाई छुपी हो और आप उनसे खाम, -खाम नफरत कर रहे हो